डिनौरी में स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया इस दौरान उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया और सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे वहीं कलेक्टर विकास मिश्रा मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों का उत्साह करते नजर आए डिन्नौरी में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई इस दौरान मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल और महाविद्यालय के छात्र व पुलिस और जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि स्वयंसेवी संस्था और आम नागरिक शामिल हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया वहीं मैराथन में प्रथम आने वाले को 2100 सौ को 1100 और तृतीय को पांच सौ की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गयी वही उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया जिसमे पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक ओमकार मरकाम कलेक्टर विकास मिश्रा एसपी जगन्नाथ मरकाम भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज भलैया सहित नगर परिषद के पार्षद गण मौजूद रहे इस दौरान जिला योग क्लब प्रभारी राम विशाल मिथिलेश विकास खंड योग क्लब प्रभारी अयुब खान के मार्गदर्शन पर सूर्य नमस्कार पूर्ण किया गया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज